अच्छा कहीं भी कथा पूजा या कुछ भी कोई भी प्रसंग ज्ञान स्थान हो तो वह सबसे पहले हालांकि सबसे पहले तो हनुमान जी पहुँची लिखी बुलाव जला गणपति गणेश भगवान के तो हमियों कहीं से भगवान के तो पत्रकुंड महाका सूर्य केवटी शां आ निर्विघ्न कुरुदेव देव सर्वकावदय सर्व दे। आगपति जी गणपति जी राबर कर रे सोमरा ना गणपति जी राबर कर रे सोमरान गणपति जी राबर कर रे सोमिरान राम कर सोमरा सीधी सदना मदन बदान और मैं बाग मैना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 कि और कैसे